हमें आप अपना दोस्त समझे ओके मेरी बात सुनो वो इस बच्ची के साथ सिर्फ कैच कैच खेल रहा था <laughs> सुनिए सुनिए आपको हमसे कोई खतरा नहीं है ओके देखिए ये देखें। आपके गुंडे के